नमस्ते आज पीपे फार्म की किचन से मैं आपके साथ एक खास रेसिपी शेयर करने वाली हूं खास इसलिए क्योंकि जब भी घर पे किसी का जन्मदिन होता है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो माँ सबसे पहले बेसन के लड्डू बनाती है तो जी हाँ आज की रेसिपी जो है वो बेसन के लड्डू के बारे में है जब भी हम ट्रेडिशनली बेसन के लड्डू घर पे बनाते हैं तो उसमें घी का इस्तेमाल होता है पर आज की जो रेसिपी है उसमें हम बेसन के लड्डू बिना घी के बनाएंगे तो चलिए ये रेसिपी देखते हैं सबसे पहले हम ले रहे हैं दो बड़े कप बेसन के आधा कप कोकोनट ऑयल का आधा कप पिसी हुई चीनी आधा कप नारियल का बूरा पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और फिर उसमें नारियल तेल डालेंगे उसके बाद हम इसमें बेसन डाल देंगे इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम मीडियम सेक पर तब तक भुनेंगे जब तक बेसन का रंग नहीं बदल जाता इस समय आपके किचन में इतनी महक हो चुकी होगी ये आपके घर वाले किचन में खिंच चले आएंगे देखते ही देखते ये मिक्सचर जो है ये पेस्ट की तरह दिखने लग जाएगा अब इस मिक्सचर को हमें खुले बर्तन में पलट लेंगे इस मिक्सचर को हम पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देंगे जब आपको लगे कि आप इसे हाथ में उठाकर लड्डू बना सकते हैं उस समय हम इसमें चीनी का बूरा मिला देंगे अब इसमें हम नारियल का जो बूरा है वो भी डाल लेंगे और बाकी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे थोड़ा सा बेसन लीजिए और हथेलियों की मदद से छोटे छोटे लड्डू बनाने शुरू कीजिए अगर आपका मिक्सचर ड्राई है इस समय तो आप इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल और डाल सकते हैं चख लीजिए अपने मिक्सचर को और चाहे तो इसमें मीठा और ऐड कर दीजिए तैयार लड्डू को आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट और नारियल के भूरे के साथ सजा सकते हैं ये लड्डू इतने स्वाद है की आप इसे अपने तक मत रखिए इसे किसी खास जन पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो रेसिपीज हमने आपके साथ पहले शेयर की हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और उसका लिंक है यूट्यूब peoplefarm